इस और बंद की शुरुआत में हम एक राज्य के किंग पैलेस को देखते हैं जहां जेसन नाम का एक बंदा अपने बच्चे को राज्य से बाहर ले जा रहा था ताकि वो उसे बचा सके क्योंकि जेसन के परिवार के लोग उस बच्चे की बलि चढ़ाना चाहते थे तभी उस राज्य की सेना उसे वहां से जाने के लिए रोकने लगती है अब इतनी सेना को देख कर जैसन ड्रैगन की पावर को यूज करके उनसे लड़ने लगता है ये देख कर जेसन के परिवार का एक बंदा अपनी पावर को यूज करके उससे लड़ने लगता है तो जेसन भी ड्रैगन की पावर को यूज करके उसका सामना करता है अब हम कुछ सालों बाद का समय देखते हैं, जहाँ एक बड़ा सा मंखी एक जगह पर हमला करने जा रहा था इसके बाद सीन चेंज होता है और हम स्टोन विलेज नाम के एक गांव को देखते हैं, जहाँ गांव के मुख्य सभी बच्चों को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे जिनका नाम शेन था क्यूँकी उनके अकॉर्डिंग ये सब उनके लिए जरूरी है ताकि वो सब सरवाइव कर सके अब उन्हीं बच्चों में से हम एक बच्चे को देखते हैं, जिसका नाम एलेक्स था जो बाकी सबसे छोटा होने के बावजूद भी उन सबसे ज्यादा स्किल्स रखता था इसलिए टाइलर नाम का एक बच्चा उससे चिढ़ता था इधर हम स्टोन विलेज के बड़े लोगों को देखते हैं जो एक आग उगलने वाले राइलो को पकड़ने आए थे ताकि उनके गांव के खाने का जुगाड़ हो सके अब वो सब एक एक कर राइलों पर हमला करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी ब्लू ईगल आती है जो राइलो को उठाकर भागने लगती है लेकिन राइलो के आग उगलने की वजह से वो ईगल उसको लेकर नीचे आ जाती है ये देखकर कर स्टोन विलेज का एक बंदा उस ब्लू ईगल का ध्यान भटकाने लगता है उसी समय वहाँ के एक बॉलैनो की वजह से आसमान से आग की बारिश होने लगती है जिसकी वजह से वो ब्लू ईगल भाग जाती है और ये लोग उस रो को लेकर अपने गांव आ जाते हैं जहाँ गांव के सभी बच्चे अपने अपने फादर के पास आकर उनकी तारीफ करने लगते है क्यूँकी वो उनके लिए खाना लायक है लेकिन हम इधर एलेक्स को उदास बैठे देखते है तभी वहाँ शेन आ जाते हैं तो एलेक्स उनसे पूछता है की मेरे बॉम्बैड कब आएंगे जिस पर शेन बोलता है कि वो जल्द ही आ जाएंगे लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें वो राइनो दिखाता हूँ आगे वो सभी मिलकर एक ट्री की पूजा करने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि उनके गॉड उस ट्री के अंदर बसते हैं और वही आज तक उनकी सुरक्षा करते आ रहे हैं। इसके बाद गांव के कुछ बड़े लोग सभी बच्चों को एक पुल में डाल देते हैं जिस पुल में एक खास तरह की दवाई और ड्रैगन की एनर्जी डाल रखी थी ताकि उन सब बच्चों की हड्डियाँ बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए ये देख एलेक्स से कहता है कि ये करने के बाद मुझे मेरा फेवरेट मिल तो जरूर मिलेगा ना तो शेन इसके लिए हंसते हुए मार जाता है और अपनी पावर की मदद से उस पूल को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से उस पूल का पानी उबलने लगता है और एलेक्स को छोड़कर सभी बच्चे पूल से बाहर आ जाते हैं तभी उस राइडो की एनर्जी पुल ऐसी बाहर आती है तो एलेक्स उसे कंज्यूम कर लेता है जिसकी वजह से उसका शरीर लावा की तरह गर्म हो जाता है और वो अपनी ताकत से उस पूल को भी उठा पा रहा होता है ये देखकर कर शेम बोलता है कि एलेक्स की फिजिकल ताकत पुराने जमाने के एक बीच से मिलती है अब उस रिचुअल को पूरा करने की वजह से एलेक्स को उसका फेवरेट मिल्क पीने की परमिशन मिल जाती है लेकिन एलेक्स उस में को लेकर उस ट्री पर चढ़ा देता है जिसे वो सब गॉड मानते थे और उनसे इमोशनल होकर कहता है कि मेरे पेरेंट्स को जल्द से जल्द वापस भेज दो तभी वहां पर एक बच्ची आती है जो उसे बताती है कि उसका भाई और उसका दोस्त ब्लू बर्ड के अंडे को लेने गए हैं ये सुनकर एलेक्स उस बच्ची को वापस जाकर ये बात शेन को बताने को कहता है और खुद वहाँ ऐसी उनके पास चला जाता है इस तरफ टाइलर और वो सभी बच्चे ब्लूल के अंडे को चुराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तभी वो ब्लू ईगल उन्हें देख लेती है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है